छतरपुर में रोशनी वेयर हाउस के सामने एक ट्रक ने चौदह गौवंशों को रौंद दिया जिनमें से आठ गौवंश की मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हो गए गौ सेवकों को जैसे ही इसकी सूचना लगी उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर कर गौवंशों का इलाज किया सागर छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोशनी वेयर हाउस के सामने देर रात किसी अज्ञात ट्रक ने सड़क पर बैठे चौदह गौवंशों को जोरदार टक्कर मारते हुए उन्हें रौंद डाला जिससे आठ गायों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी गंभीर रूप से घायल छह गायों में से भी दो ने तड़फ कर दम तोड़ दिया। इसकी सूचना को को लगने के बाद वे तुरंत मौके पर और घायल गायों को सड़क किनारे कर उन्हें दवाई और इंजेक्शन दिए मृत गायों को ग्रामीणों ने तुरंत ट्रैक्टर की मदद से एक खेत में इकट्ठा किया और सड़क को आने जाने के लिए सुगम बनाया घायल गायों के प्रारंभिक इलाज के कुछ समय बाद गौ सेवक इन्हें हरिओम गौशाला के वाहन से गौशाला ले गए जहां उनका उपचार किया जा रहा है वर्ल्ड ऑफ अपर्चुनिटीज ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरी रिजल्ट एंड डिलीवरिंग दस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन